हे यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग तो ये ब्लॉग है हमारा दो ब्लॉग टू ब्लॉग और तो मतलब हम लोग दो ब्लॉग बना लिए मतलब पता भी नहीं चला और साथ ही साथ कल जितिया भी था आज खत्म हो गया नेहा तो भी करती नहीं है क्योंकि तो अभी सिर्फ कह रही है सोचो तो सोच रही है मतलब मे कुछ दिन के बाद जब बड़ी हो जाए कह रहा तो करेगी अभी बच्चा ही बच्ची है थोड़ी तो इसलिए परेशान बहुत ज़्यादा करती है इसलिए नहीं कर पाती है तो और साथ में तो जैसा कि ये बताए कि जीतिया तो हम करते नहीं मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया लेकिन एक दो साल बाद मतलब अगले साल तो स्टार्ट नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद स्टार्ट ज़रूर करेंगे और मेरी मम्मी करती है तो अगर वहाँ रहते तो आपको सारा कुछ दिखाते कैसे कैसे होता है तो मतलब नीचे में हम मेरी रेंटर है तो वो करती है तो वो बहुत सारा अभी हम लोग को खाना भी भेजी है हम बनाए भी थे लेकिन बोल दी थी नहीं बनाने और अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या दी है खाना में तो दिखाते हैं आपको क्या क्या तो इतना सारा सब्जी है इतना सारा का सब्जी है झिंगली है बैंगन है साग भिंडी करेला और ये पता नहीं क्या और इसमें दाल है और पापड़ है और चावल तो इतना सारा खाना दे दी है और हम लोग तो अभी नाश्ता कर लिए हैं लेकिन खाना में जरूर खाएंगे क्योंकि हम भी रोटी बना लिए थे और सब्जी भी बना लिए थे तो ये ये भी बचा हुआ है और आंटी भी भेजी थी मतलब तो हम लोग जो परसों मॉल गए थे तो कह रहा ये खरीदी थी इसको लगा था ये खिलौना है बना हुआ स्ट्रक्चर इस इसमें फ्रॉक का लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ कह रहा ट ये खिलौना देख के ले ली तो बाद में उस समय हम लोग दिला दिए लेकिन अब समझ में आया ये क्या है ये पीछे इस पे चिपकाने वाला दिया वा क्या रहा? देख रही हो ये वाला और इसमें ब्रश रखने वाला है तो चलो दिखाते हैं तुमको आओ इसका स्टिकर उखाड़ दिए हैं दिखाओ क्या रहा स्टिकर हाँ अब इसको यहाँ चिपका यहाँ चिपका देने यहाँ गली में यहाँ पे यहाँ पे चिपका है क्या था हाँ देखो ना इसमें दिखाते हैं क्या है हाँ आ। आ, गया अब देखो इसमें क्या रखते हैं देखो ये पापा का ब्रश ये क्यारा का, का, का जिब्भी और ये पापा मम्मी का देखो अब समझी क्या है क्या रहा ये गिर गया।, गया ना ये पेस्ट तो यहीं रह रहा तो समझ गई क्या है ये येगा इस तो हम लोग का 200 ब्लॉग पूरा हो गया था तो हम लोग आज डिसाइड किए थे क्या डिसाइड किए थे नहीं तुम ही बताओ क्या डिसाइड किए बता? तो थे बताओ तो हमने ये डिसाइड की थी कि हम लोग केक लाएंगे एक छोटा सा और उसको कट करेंगे 200 वीडियो वीडियो हेटी में लेकिन लेकिन बारिश बहुत हो रहा है मतलब आज इतना सुबह से बारिश हो रहा है तो अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है तो अभी हम जा नहीं पाएंगे पैदल जा सकते हैं छतरी लेके लेकिन फिर कीचड़ थोड़ा होता है पैदल चलने में न तुम्हें जा तुम ले आओ तुमको तो, तो मजा आता हम आ, तो तो भी नहीं है इसलिए अभी देख सकते केक। क्या है, क्या रही है? खाएगी। हाँ अभी गयी थी छत पे पूजा करने अभी। तो बारिश हो रहा था तो ये अपना बीच में जाके जम्प कर रहे तो वही देखे आंसू भी निकल रहा जरा केक खाएगी दिखा दो केक कौन सा क्या क्या पढ़ो तू पढ़ो तू बोलो तो। बहुत तेज हो ने ने एक तो तो तेज हो हो गई गई है बहुत छोटा मोटा हम लोग अब सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या रहा रहा बोलो हैप्पी टू ब्लॉग है पीछे फिर मत गिर जाना पीछे देखो एंडिंग पोजीशन पे बैठी हुई है <laughs> मस्त है। फैमिली तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि नवरात्रि आने वाला है और हम लोग को मतलब पूजा का बहुत सारा सामान लेना है उसका शॉपिंग भी करना है तो जल्दी से हम लोग नवरात्रि का शॉपिंग कर लेते हैं और आप लोग को जरूर दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या लिए हैं पूजा के लिए और चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा दिखाते हैं आके ठीक hey आई तो अभी हम लोग मार्केट आए हुए हैं नवरात्रा बहुत जलाने वाला है तो नेहा बोली कि चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग आए हुए हैं नवरात्रा का शॉपिंग करने और नेहा अभी दुर्गा जी का तस्वीर देख रही है और तस्वीर लेगी और बजरंग बली का भी लेगी और पूरा दुकान बिल्कुल नए नए आइटम से भरा हुआ है तस्वीर दुर्गा जी का चारों तरफ और माला फूल यही सब पूरा भरा हुआ है और ये हम लोग माला ले रहे हैं अपने गणेश जी लक्ष्मी जी के लिए भी छोटा सा और ये बड़ा वाला माला सब तस्वीर के लिए लिए हैं हाँ पता ही नहीं है हम पहले ही बोल चुके हैं ना हो गया माला तो ले लिए सुंदरी भी ले ही ली भगवान जी के लिए और पूजा का सारा सामान ले लो धूप वगैरह नवैदम वगैरह है क्या हाँ वो भी ले लो और जो लेना है ले लो तो क्यारा वहाँ मोबाइल देखने लगे क्योंकि वो चुसनी मांग रही थी बार बार क्यारा क्या ले ली आ? क्या ले ली तुम प्ले। एरोप्लेन है आ? कैसे उड़ता है आचे। कैसे हवा में एक नाम टूट जाएगा चलो घर पे बैटरी लगा देंगे ठीक है बैटरी है ना घर पे बैटरी था घर हाँ? पे बैटरी है हाँ। चलो घर पे बैटरी लगा दें ले ली बोल रही है दे दो चल जाएगा नहीं चलेगा तो आ जाएंगे तो अब हम लोग का हो गया है यहाँ पे का सारा सामान ले लिए तो अभी क्यारा के ले लिए हैं एक एरोप्लेन देखते हैं उड़ता है कि नहीं घर जाके देखते हैं और ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि एरोप्लेन उड़ता है कि नहीं अभी तो बैटरी भी नहीं है वो बैटरी आ गया दिखाते हैं आपको नीचे ही चलता है क्या ऊसा नहीं।, नहीं है नहीं। तो तो तो हो गया क्या रहा? ड्रोन थोड़ी ना है जो उड़ेगा नहीं चलने वाला है, <laughs> तो जादा जादा हम है। ये है। हम लोग घर आ चुके मतलब आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लगा हम लोग को और घर आ गए और ये सारा सामान लिए हैं पूजा के लिए जो कि हम लोग कलश स्थापित नहीं करते बस हम लोग कथा पढ़ते हैं तो उसके लिए हम तो लोग सारे सामान दिए हैं तो आपको तो के ये तो नवरात्रि के दिन यूज होगा जो कि नौ कन्या को हम लोग खिलाते हैं उसको देंगे। एक एक्स्ट्रा ले ली है। आ, दस गो क्योंकि हर बार तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है तो ये एक्स्ट्रा एक दस ले लिए हैं तो ये नौ कन्या के लिए हम लोग ले रहे थे इस टाइप का चुनरी तो बोला क्या यूज तो होगा नहीं छोटा छोटा तो ये तौलिया रुमाल वाला ले लीजिए कॉटन का है, तो, तो ये चुनरी का भी काम करेगा और बच्चा लोग यूज भी कर लेगा और ये हम लिए लिए भगवान जी के लिए। मतलब जितना भी मेरा तस्वीर है है भगवान जी का और उसका लिए सारा तो आप लोग बहुत बहुत अच्छा इसका स्मेल भी होता है है है है है और और धूप धूप का काम करता इसलिए ना और ये गीला, गीला वाला, वाला नेहा तेज है। पहले ही ले ली ताकि दुर्गा पूजा में भीड़ ना हो जाते हैं इतना भीड़ रहता है कि कुछ ले ही नहीं पाते इतना भी को देखो अपना खिलौना निकाल ली कैसे चलता है ग्यारह ऐसे ऐसे है नीचे से चलता है गाँगाँ। गाँगाँ। देखो कैसे चलता है ये सारे भगवान के लिए और ये तस्वीर ये है दुर्गा जी का और हनुमान जी का जो कि हम लोग के पास नहीं था हनुमान जी का फोटो दुर्गा जी का तो था तो ये दुर्गा जी वाला है और ये हनुमान जी वाला लिए नहीं था तो हम लोग को लेना जरूरी था इतना ही और ये तो मेहंदी भी कैसे उड़ता है नीचे से ऊपर उड़ता है हाँ। तुमको तो सब पता है नीचे से ऊपर उड़ता है एरोप्लेन नीचे, नीचे से उड़ता है और ये क्या प्रसाद ड्राई फ्रूट वगैरह अभी नहीं लाए अभी टाइम है ले आएंगे बाद में जब हम हम करते हैं तो उसमें हर बार करते हैं पिछले बार भी किए थे फास्टिंग तो इस बार भी हम लोग खाने वाला तो अभी शाम का बज रहा है साढ़े छः मतलब छः बीस ही हुआ अभी तो हो गया सारा कुछ दिखा दिया हम समेट देते हैं और भूख भी लग गया है नाश्ता मतलब कुछ खाए हाँ थोड़ा सा खा लेंगे ठीक है ठीक है क्या एरोप्लेन लगा दें हाँ। ला लगा दें <laughs>